कब्बी बालों को हराना। रिफायर मेरा नाम है। Everybody, it's three fire, three fire, three fire. ओह, तो क्या हुआ? नहीं, पागल हैं मुझे मारना। और रगेस्ट में बचालों पे, बचालों बोरा, बोरा। देखो दो कमेंट बाप p भैया भैया वो तो जीते जी हमकी नाक में दम कर रखा है भैया भैया अब कुछ तो उसका इलाज करना पड़ेगा भैया कुछ तो कुछ तो, तो क्या करेगा करूंगा उसका इलाज मैं करूँगा अब क्या करोगा भैया को एक प्लान बताता हूँ क्या भैया हाँ सब करते हैं समझ गया ना तू हाँ समझ गया तो पागल ने दिमाग खराब कर रखा है आज जाके कुछ शांति मिली मेरे को तो कैसे हो आप Hello chota uska ab kuch nahi aane wala क्या कपड़े ला किया क्या, क्या ला भैया? हमने वो फैला बनाया था कोई फैल हो गया अब तो उसको कुछ नहीं होने वाला कोई सोची बात देगा भैया बता लो भैया मुझे साथ ले चलो चलो